बिना चाय के दिनचर्या नहीं होती पूरी और बिना बिस्किट के चाय है अधूरी तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ख़ास रेसिपी है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक चाय का जो प्याला है उसके आसपास बहुत सी स्टोरीज़ होती हैं बहुत सारे शामें गुजरती हैं पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बिस्किट हम रोज़ खाते हैं उसमें कितना मैदा होता है और जो चीनी और तेल भी डला होता है कोई बहुत ज़रूरी नहीं है वो अच्छी क्वालिटी का हो तो आज की जो रेसिपी है वो आपको ये बताएगी कि घर में ही ये आप बिस्किट कैसे बना सकते हैं और उसको अपनी पूरी फैमिली के साथ मजे से खा भी सकते हैं ये रेसिपी बहुत सिंपल है और उन लोगों को भी पसंद आएगी जो दूध या मक्खन का इस्तेमाल नहीं करते तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं हम लेंगे बड़ा कप सूखा आटा एक कप नारियल का तेल और आधा कप चीनी मैं मोटी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो इसको पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं एक चुटकी नमक एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर का आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं मैं इस रेसिपी में काजू और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ इन सब को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए सब मिलने के बाद गुंदे हुए आटे की तरह हो जाएंगे इस गुंदे हुए आटे में से आप थोड़ा सा आटा निकाल लीजिए और हथेली की मदद से इसको बिस्किट की तरह गोलाकार दे दीजिए बाकी बचे आटे को भी आप बिस्किट शेप में बनाके बेकिंग ट्रे में रख लीजिए अब इन बिस्किट्स को हम 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे जब आपके बिस्किट्स गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो उसको अवन से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख दीजिए